इतने पैसे इसके पास से निकल रहे हैं ये देखिए आप ये एक जूनियर के पास में इतने पैसे कहां से आएंगे एक जूनियर के पास में जो सौ रूपये कमा सकता ये देखो आप ये देखिए आप कितने पैसे हैं देखो आप देखो आप वो ये कितने दो लाख या एक लाख मालूम कितनी एक लाख छब्बीस हजार किसने दिए नहीं, नहीं सर ऐसा कुछ झूठ तो मत तो बोलना सच बोलना कितने वो भी रहे अरे मैडम क्या तो कर तो क्या पे तो तुम एक मिनट तो एक मिनट प्रॉपरली मतलब तुमको ये पूरी गतिविधि चलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना बनाओ सुनोना एक पेपर मैं देख लू मैडम देख लू मैं पेपर देख लो ये पेपर में लिखा ये पीछे वाले पड़े में ये सारी चीज़ें क्या वो पन्नी पंद्रह एक दो एक दो के आस पास तो होंगे ये देखो आप गेम चल रही है एक पेटी तो जमी लेते हैं छब्बीस लोग जाने भेजा है न्यू जाने भेजा सौ सीनियर है है है, तेरे, ना? बड़ी बड़ी कलाकारी करती सब जानते हम लोग सब बता देंगे आपको सब बता देंगे अभी पी में इसके सीनियर का नाम भी आया है नूझा का इसने ये भी खरीदा कुछ ज्वेलर्स वाले ज्वेलर्स कितने खरीदा माल कितने खरीदा था